अरे यार एक काम करता हूँ आज मैं सबको बुला लेता हूँ फिर हम लोग कुछ तो खेलेंगे हेलो हाँ विवेक भाई किधर हो यार हाँ अमेरिका क्या अमेरिका पहुंच गए अबे साले तेरी शकल तो एरिया के बाहर जाने की नहीं है और तू तो अमेरिका पहुंच गया अबे साले जब तेरे को पता है मेरी शक्ल एरिया के बाहर जाने लायक नहीं है तो घर पे ही रहूंगा ना अरे यार भाई तू तो, तो लुरा मान गया तो आजा आजा खेलने के लिए मैदान में आले तो रुक एक काम करता हूं, मुन्ना भाई को घर हाँ, पे, पे हो अच्छा मैदान में आ जाओ कुछ खोलेंगे अरे यार क्या खेल खेल खेल की माँ का टन टना टन। अरे यार इतना गुस्सा क्यों ठीक है मत आओ अच्छा रुक मैं आ रहा हूँ रुक आ रहे हो आ जाओ आ जाओ अरे यार शिवम भाई अभी तक ये लोग आए क्यों नहीं यार पता नहीं चल तब तक कुछ खेल लेते हैं हाँ चल कुछ हाँ। चार खेल ही लेते है अरे हमें बुला के कहा जा रहे हो देखा शिवम पानी पीने जा रहे थे ना हम लोग ये लोगो को क्या लग रहा है हम लोग टपा टप करने जा रहे हैं कैसे है दुनिया बहुत मतलब ये मम्मी को मैं बताऊंगा तो कहीं पर खेलेंगे क्या भाई एक काम करते है बैट बॉल खेलते है भाई भाई आइसपाइस आइसपाइस आइसपाइस खेलते हैं हैं है है है वाला गेम मैं नहीं नहीं गोटी खेल खेल खेल लो तू तू ही ही बुलाया ना तो बता दे क्या क्या रहा रहा लेते कर का सलमान खान मत मत चुपचाप से राज ले जा जा जा जा रहा हूं। आ, जा चल चल अबे अबे देख चुप साले पूरी गिनती गिर तो एक चमार चमारे कैनेडा पहुंचा दूंगा छुप जा जा चुप चल एक दो साल छुप जा जा जा जा जा ले जरा दूर को दो तीन दस लगता है साले गए दूर दूर दूर दूर को दूर। बार बार लग लग रहा है तो मिर्ची लग रहा है है तो मिर्ची क्या दूर को। एक, दो, तीन, दस। लगता है आप साले गए पर कहा छुपे होंगे ये लोग कहा छुपे होंगे यार कहा होंगे ये लोग यार देख ही नहीं रहे कोई तो मैं तो तो आ गया अब तू तो आउट है चल खेल की ना का चल चल चल अरे यार कहा छुपू कोई जगह ही नहीं दिखता ढंग का एक काम करता हूँ पुतला ही बन जाता हूँ बना तो बना पुतला। साला असली लग रहा। अरे साले है? है है? है। क्या? क्या? हाँ है। है, है, है। तो बेटा मेरे को पहले ही पता था पुतला है चल तू दबा चल अरे भाई इसका मतलब मैं चुटतिया बन गया मिला जुला के तू तो चुतिया है।, तो वो वो वो वो वो वो है, है। ये भी हमारी तरफ चुतिया है अरे, इसके इसके। अरे यारदू मेरा यहाँ से कोई ढूंढ ही नहीं सकता हम लोगो को दुनिया की सबसे सेफ जगह ये अच्छा ठीक है क्या छुप जा कोई ढूंढ नहीं सकता हम लोगों को लाला और मुन्ना स्पाइस अब ये लोग सुन क्यों नहीं रहे पता नहीं देखा देख लिया अरे नहीं देखा यार तू तो चुपचाप खड़े रहे कोई नहीं आ सकता छिपा रे चुपचाप ये बात है मेरा तो हो गया मैं तो आई स्पाइस का देख ल मुन्ना आई स्पाइस अरे सारा सुन के ले रहे चुपचाप साला कैसे ढूंढ लिया यार मेरे को इधर कोई ढूंढ भी नहीं सकता मैं आया बड़ा नहीं दीखना, नहीं देख आ जाओ क्या अभी नहीं क्या अभी अभी नहीं नहीं आ जाओ क्या आ जाओ क्या अभी नहीं आ जाओ क्या अब तो आ जाओ अरे यार आ जाओ क्या अरे यार ये लोग खेल रहे हैं कि मजा कर मैं नहीं खेलना